जिंदगी में आ रहे चुनौतियों और संघर्षों के बीच चिंता को छोड़ करके कैसे जीना शुरू करें हर दूसरा इंसान इस प्रॉब्लम से परेशान है कहते हैं जीवन एक संग्राम है जहां पे आपको लड़ना ही पड़ेगा तीन स्टेप में जानते हैं इसका इजी सॉल्यूशंस। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दिलीप सिंह है और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ नंबर वन गेट द फैक्ट नंबर टू रियलाइज द फैक्ट एनालाइज द फैक्ट नंबर थ्री यू नो टेक नोटेक डिसीजंस आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं गेट द फैक्ट जब आप अपने दोस्त को एडवाइस दे रहे होते हैं आप उनको सलाह दे रहे होते हैं तो आप निष्पक्ष होकर उनको सही मार्गदर्शन देते हैं लेकिन जब अपने बारे में आपको खुद के बारे में विचार करना होता है निष्कर्ष लेना होता है चिंताओं को साइड में करना होता है तो आप एक लूप होल में जाते हैं मैं एक लॉयर के एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा सपोर्ट कीजिए कि आपका जो लॉयर है और आपके अपोनेंट का जो लॉयर है लेकिन आपके जो लॉयर है उसने तैयारी ही नहीं की उसने फैक्ट और फिगर कुछ इकट्ठा ही नहीं किया आपके बारे में उस मुकदमे के बारे में उस केस के बारे में और आपका वकील अदालत में लड़ने के लिए आपका मुकदमा पहुंच गया और बोल रहा है भाई आपका सब संभाल लेगा आप क्या चैटबॉक्स में बताना चाहोगे वो वकील आपका वकील सामने वाले वकील के सामने किए गए क्वेश्चन के साथ पस्त हो जाएगा और आपका वकील, आपका वकील मुकदमा हार जाएगा नंबर टू जब आप फैक्ट और फिगर को इकट्ठा करते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर के प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है आपकी लाइफ में कुछ भी एक इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है जैसे कि आपके सामने आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड अपने करियर से रिलेटेड अपने स्टार्टअप से रिलेटेड अपने बिजनेस से रिलेटेड उस सिचुएशन पे अलग अलग विचार चलते हैं तो आप उनको राइट डाउन करते हैं क्या फैक्ट है क्या बिजनेस से मेरा अभी क्या कर रहा हूं ये सच्चाई है ये फैक्ट है फिर दूसरा स्टेप आप रियलाइज करते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए मैं क्या कर सकता हूं ओके okay? और फिर आप एक स्ट्रैटी बनाते हैं तीसरे स्टेप्स में और आप उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन से जो आपने निष्कर्ष निकाला है उस पे आप एक्शन लेते हैं एक्ट करते हैं जब आप अपने दोस्त की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं तो आप कुछ ऐसा ही कहते हैं आप उनसे बोलते हैं कि बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है मैं आपको समझाता हूं आप फैक्ट को समझते हैं उनकी बातों को सुनते हैं फिर एनालाइज करते हैं प्रोसेसिंग करते हैं और आप एक प्योर डिसीजन देते हैं जो उनके लाइफ के लिए बेहतर होता है और अपनी बुद्धिमता का यूज करके मेरे पास आपके लिए चार क्वेश्चन है जो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने के लिए इंप्लीमेंट करना चाहिए नंबर टू आप प्रॉपर फैक्ट और फिगर को प्रिसाइज रूप से तीन चार लाइन में लिख लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है दूसरा वॉट कैन डू अबाउट इट आप इस प्रॉब्लम के बारे में इसको लेकर आप क्या कर सकते हो खाली चिंता करने से काम नहीं बनता है आप उसमें एक्शन की प्लानिंग कीजिए जब आप फैक्ट को रियलाइज करेंगे तीसरा क्वेश्चन से है वाट आई एम गोइंग टू डू अबाउट इट मैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस टॉपिक को लेकर के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस को लेकर के करने वाला हूं जैसे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस खोजने में कौन मेरी मदद करेगा आप एक आप एक एक स्टार्टअप ओनर प्रोडक्ट बना रहे हैं ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ये किन लोगों की है? आप फैक्ट और फिगर मार्केट से फीडबैक लेके इकट्ठा करते हैं नंबर टू अब आप उसमें रियलाइज करते, करते हैं कि यह किसके बारे में है ठीक है इससे क्या आउटपुट निकलेगा फिर तीसरा स्टेप आप एक एक्शन प्लानिंग करते हैं कि अब मुझे प्रोडक्ट सर्विस को किस तरीके से मार्केट करना है और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है और चौथा स्टेप में आता है जब आप फाइनल करते हैं वेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट आपके जीवन की प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी ही होती है गुड तो हमने तीन चीजों के बारे में डिटेल में जाना आपकी लाइफ में आ रहे चैलेंज जो है उसका फैक्ट क्या है फैक्ट और फिगर क्या है हम आपको उसको प्रिसाइज रूप से लिख लेते हैं दूसरा फिर हम एनालाइज करते हैं क्या कर सकते हो इसमें क्या अप एंड डाउन है ट्रोफॉल्स है भाई आपका चैलेंज क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता आप लिख लीजिए फिर तीसरी स्टेप पे आप एक रणनीति बनाते हैं जिसमें आप एक्शन लेते हैं क्योंकि सोचने से आपकी चिंता खत्म नहीं होती है और आप उस प्रारंभ से निजात नहीं पा सकते हैं इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका धन्यवाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे आप अपनी जिंदगी की 50% समस्याओं से निदान पा सकते हैं कैसे आप अपने बिजनेस में आ लेटर से 50% बच सकते हैं अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है आपको मिलूंगा इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में